जलती है तेरी सब्य पी से हजारा छोड़ दिया तारों ने ब्यूटी पे परिया जलती है तेरी सब्युपी से हजारा छोड़ दिया तारों ने ब्यूटी थोड़ा स्वभा हारे में तेरे गुरबान खजुरा आई हो का हंस गोरी यखियों प्यार लेके प्यार लेके क्यों में प्यार लेके आइयो का हंसे गोरी यो में प्यार लेके चढ़ती जवानी की ये पहली बाहर लेके दिल्ली शहर का सारा महीना बाजार लेके दिल्ली शहर का सारा वाला कानों में ऐसा डाला के ने ले मेरी जान हार में तेरे गुलजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा तेरे जलती है तेरी सब हजारा छोड़ दिया हाँ हाँ जलती है तेरी सब बुटी से हजारा छोड़ दिया तारों ने बेटी को, खुद को तो थोड़ा ले संभा